मैं मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या करूं काम तो बहुत है पर मैं कर लूँगी ऐसा कोई काम नहीं खास तू आराम कर ले नहीं मम्मी मुझे प्लीज कर मेरे लायक लिए तो दो मैंने कहा न बेटा कोई नहीं है तुम जा आराम करो ऐसा कोई कोई खास काम काम नहीं है। ठीक है ठीक मम्मी अगर मेरे कोई काम हो तो प्लीज बता देना। मैं गया। अरे क्या हुआ तुम बड़ी थकी थकी सी लग रही हो हाँ, आज बहुत सारा काम था बहुत काम करना पड़ा घर में बच्चे भी तो थे कुछ काम उन्हें दी दी होती तुम्हें तो पता ही है बच्चों का बस खाते पीते सोते रहते हैं कोई काम बोल दो तो सुनते नहीं है बेटा जरा तो, मैं गया काम से है। तो आना। पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पापा कुछ नहीं सुनना मुझे खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया